मुस्कुराइए आप दिलीप सिंह के साथ हैं आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ एक सत्तर साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने बड़े भाई जिसकी उम्र अस्सी साल थी मुकदमा करता है मुकदमे में छोटा भाई बोलता है कि मेरा अस्सी साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखभाल कर रहा है मैं अभी ठीक हूँ इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए न्यायाधीश महोदय काफ़ी अचंबित थे मुकदमा काफ़ी चर्चित था एक अलग तरीके का था न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप दोनों लोग माता का पंद्रह पंद्रह दिन ध्यान रख लो मगर दोनों भाइयों में से कोई भी टस से मस नहीं हुआ बड़े भाई का तो कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को अपने से दूर क्यों होने दूं? अगर मां कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दो छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहे हैं आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए मगर कुछ हल समझ में नहीं आ रहा था अंत में उन्होंने माताजी की राय जानने के लिए माताजी को कोर्ट में बुलवा लिया माँ बहुत दुबली कमजोर थी व्हीलचेयर पर कोर्ट में आईं और जज साहब के पूछने पर माताजी ने कहा मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती आप न्यायाधीश हैं निर्णय करना आपका काम है जो आपका निर्णय हो मैं उसे मान लूंगी अंततः न्यायाधीश महोदय ने निर्णय लिया कि न्यायालय छोटे भाई को उसकी भावनाओं और उम्र को ध्यान में रखते हुए माताजी को छोटे भाई की सेवा में देना चाहते ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कहा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी दुखी हुए अंतर मन से रोने भी लगे कहने का तात्पर्य है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो ये बात कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं यह पाप है हमें इस मुकदमे से यह सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दुखाना नहीं चाहिए न्यायालय में तमाम तरह के मुकदमे आते हैं और अक्सर सगे संबंधियों के बीच धन संपत्ति के विवाद आते रहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह के मुकदमे जिस कहानी को मैंने पढ़ा देखने के लिए मिलें और हम आप सभी अपने प्रियजनों का अपने श्रेष्ठ जनों का अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखें उनके दिल को न दुखाएँ और उनकी पूरी सेवा करें आज इतना ही फिर नए वीडियो में कुछ नई सोच नई विचारधारा नई कहानियों के साथ मुलाकात करते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम